जी हाँ दोस्तों तो आपके पास भी कोई एप्पल का अगर फाइव जी फ़ोन आपने पहले ले चुका है उसके बाद अभी आप जो 5G सिम लॉन्च हुए हैं तो आप उसे लेकर आप यूज़ करना चाहते हो उसमें क्योंकि 5G का इन्जॉय और कोई करना चाहता है क्योंकि 5G का जो नेट है बहुत ज़्यादा स्पीड है तो आपने अगर एप्पल का अगर फाइव जी मोबाइल ले, ले चुके हैं तो अगर आप अभी फाइव कोई सा सिम जियो या बीस कोई सा भी अगर ले उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये झटका लगेगा सुनो क्योंकि 5G फोन तो है लेकिन अभी 5G फोन में उसमें सॉफ्टवेयर जो है उसमें अपडेट नहीं हुआ है इसलिए एप्पल की ओर से अभी ये जरदेश जारी किया गया है कि, कि अभी हमारे जो 5G फोन पहले हमने बनाए हैं तो उसमें अभी ये सॉफ्टवेयर वेट अपडेट नहीं किया है नहीं तो जब ये अपडेट होगा तभी आपके मोबाइल में भी फाइव फोन अच्छी सिम चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा आप अभी आप फ़िलहाल अभी फोर ही चलाइए तो 5G आपको लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये अपडेट नहीं आ जाएगा और ऐप्पल की ओर से अपडेट बहुत जल्दी आ जाएंगे एप्पल ने ये मैसेज भी किए हैं कि जब ते ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट करने में क्योंकि बहुत सारे देशों में ज़्यादातर इंडिया में भी अब 5G जी होने के बाद बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिस फाइव सिम ले चुके हैं लेकिन उसके बाद एप्पल का फाइव फोन है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा ये परेशानी हो रहा तो बहुत जल्दी ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी एप्पल की ओर से कहा गया है जी दोस्तों आपको अगर यह जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल तो पर आपको इसका तो इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं इसलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद